kalage tu bidam oh no saath mere falak tak chal chal chal he vaadal oh no हा हा hey hey, hey! hey! <coughs> <sm clubs> ओ चल बहन की लग चल बोले आये घर में आये No! No! No! Oh! Non, non. Oh! Oh! Hey! What? Oh no! Hey! Whoa! Hey! Oh no! Someone. <hug> मा न Yeah. <laughs> Ah! Huh? Oh. <laughs> oh no. Hmm? <laughs> huh? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>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 <laughs> oh, no no no no no <laughs> おい काठ मेरे फलक त